नमस्कार दोस्तों स्वागत है फिर से आपका हमारे इस चैनल पे जी हां दोस्तों बात करेंगे मुंसिपल रिक्रूटमेंट 2022 यानी कि नगर निगम भर्ती 2022 के बारे में सुपरवाइजर कलर्क अकाउंटेंट की वैकेंसी यहां पे निकली हुई है आपको आवेदन करना रहेगा एक तरीके से दसवीं बारहवीं क्लास इसमें मांगा गया है ग्रेजुएशन भी मांगा गया है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए सैलरी की बात करें अच्छी खासी सैलरी है तीस से चालीस के आसपास आपको मिलेगी और अगर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ मैं यहाँ पे आठ से ज्यादा पदों पर यह वेकेंसी ऑल ओवर इंडिया निकली हुई है मेल और फीमेल दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं तो डिटेल डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के में शुरू से लेकर एंड तक बनी रही है बाईस फोर ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए है। पे आप देख सकते .E मुंसिपल है। ये पोस्ट डिस्क्रिप्शन की अगर बात करूं यहां पर आप तीन तरह की वैकेंसी देख रहे हो अकाउंटेंट सुपरवाइजर कलर सेकंड ग्रेड की आप देख सकते दो हजार नौ सौ पोस्ट अकाउंटेंट की दो सुपरवाइजर की वहीं कलर ग्रेड वाली सेकंड ग्रेड वाली पोस्ट है वो चौबीस के आसपास है तो करीब यह वैकेंसीज टोटल अगर मैं वैकेंसी करूँ तो एक तरीके से यहाँ पे आठ दस हजार के आसपास की वैकेंसी चली नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है ओबीसी अनबीसी भी आप देख सकते हो नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है कैसे क्या आपको अप्लाई करना है वो सारा सब कुछ अकाउंटेंट के लिए में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करूं यहां पे अकाउंटेंट पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है ध्यान रखना, होना आपका अकाउंटेंट पोस्ट के लिए ऑल ओवर इंडिया जॉब है यहां पर अगर बात करें सुपरवाइजर और कलर की तो ये नीचे देख सकते हो सुपरवाइजर के लिए भी ग्रेजुएशन मांगा गया है और कलर के लिए ट्वेल्थ क्लास पास मांगा गया है टेन प्लस टू स्कीम से यानी कि अगर अपने बारवीं क्लास पास कर रखी है किसी भी स्ट्रीम तो आप अप्लाई कर सकते होटे सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या होगा सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल में समझा रखा पांच साल तीन साल की यहाँ पे छूट एज यहाँ पे चालीस साल से अब आपकी होनी नहीं चाहिए इसके अलावा यहां पे नीचे में बता देता हूं आपको थोड़ा सा यहाँ पे नीचे ढाई सौ रुपये और साढ़े चार सौ रुपये के साथ आप अप्लाई कर सकते हो पूरा डिटेल यहाँ पे डेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे डेट्स ध्यान रखना आठ ग्यारह दो हज़ार बाईस से आप अप्लाई कर सकते हैं शुरू आठ से तारीख से ये स्टार्ट हो जाएंगे और दस तारीख इसकी लास्ट डेट रहेगी दिसंबर में और यहाँ पर एग्जाम आपका अगले साल यहाँ पे एक तरीके से जनवरी फरवरी माह में एक्सपेक्टेड है तो ध्यान रखना अप्लाई कर लीजिए नीचे लिंक दे रखा वहाँ पर भी जाकर आप चेक कर लीजिए धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए